ओम मृत्यु जे महादेव ही शरणागत जन्म मृत्यु मृत्युजरा व्यापीड़िता कर्ववंदने ओ मृत्यु जे महादेव तारागत जन्म मृत्यु मृत्युजरा व्याधिपीड़िता कर्मवंदने ओ मृत्यु जे महादेव ीम शरणागत जन्म मृत्यु मृत्युजरा व्याधिपीड़िता कर्ववंदनिहि ओम मृत्यु जे महादेव राइम शरणागत मृत्यु राधिपीड़ि